की में सदा सदा के दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने एक नया भजन लेके दोस्तों एक वीडियो की लिंक मैंने नीचे डाली हुई है मेरे दूसरे चैनल की उसपे थोड़े से सब्सक्राइबर की जरूरत है आप मेहरबानी करके मेरे उसके ऊपर लिखा होगा मेरे चैनल की लिंक उस लिंक पे क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप एक YouTube का चैनल खोलना चाहते हैं आ, बिना वीडियो शूट किए और बिना वीडियो कहीं से अपने डाले हुए कहीं से वीडियो उठा के आप कहीं डालिए मैंने उसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है आप जाके उस चैनल को वीडियो को देखिए अगर नहीं देखनी है तो केवल सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़े से सब्सक्राइबर की जरूरत है इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं सारी ये मुझ पे तुम्हारी तो चढ़ा दोस्तों वजन हो चुका है आपका ख़त्म जैसा कि मैंने बताया था एक चैनल की मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है अगर आप अबाउट के सेक्शन में जाएंगे तो वहां भी मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे जाएगा क्योंकि मैंने वो दोनों चैनल को कनेक्ट किया हुआ है आपस में अटैच कर दिया है मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दूसरे चैनल को भी इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं उस पर मैंने पार्ट टाइम जॉब की एक दो वेबसाइट बताई हुई है आप चाहो तो वेबसाइटों पर काम भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री में चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब